तो ग्रुपिंग का जो तीसरा हमारा पार्ट है वो है डेट की ग्रुपिंग हमने टेक्स्ट की ग्रुपिंग किया हमने नंबर की ग्रुपिंग किया अब बात आती है डेट की ग्रुपिंग आपके सामने डेट है मुझे इसमें डेट वाइज सेल्स नहीं चाहिए मुझे इसको मंथ वाइज सेल्स चाहिए तो डेट के ऊपर राइट क्लिक करें और ग्रुप करें देखिए ध्यान रखिएगा कि आपके डेटा में कोई ब्लैंक नहीं होना चाहिए या कोई डेट टेक्स्ट में नहीं होना चाहिए अगर कोई ब्लैंक हुआ और डेट टेक्स में हुआ तो प्रॉब्लम होगी यहां पे देखिए डेज है मंथ है ईयर है क्वार्टर है तो मुझे मंथवाइज चाहिए तो हमने मंथ को सिलेक्ट किया ओके। तो मंथवाइज हमारा टोटल आ गया उस तरह से ग्रुप में मुझे मंथ और ईयर दोनों चाहिए क्योंकि अलग अलग है तो मंथ और ईयर आ गया और मैं ईयर को उठा के कॉलम में रखना चाहूँ तो मैं ईयर उठा के वापस कॉलम में आसानी से रख सकता हूँ ताकि मुझे मंथली और ईयरली रिपोर्ट दिख जाए मुझे हर ईयर के क्वार्टरली रिपोर्ट भी चाहिए तो मैं इसको वापस आता हूँ ग्रुप पे जाता हूँ मंथ और ईयर है मैं क्वार्टर को भी सिलेक्ट कर लिया हूँ तो देखिये यहाँ क्वार्टर भी आ गया तो ईयर भी मैंने यहाँ पे रख दिया यहां पे बाई, क्वार्टर दिख गया आपको डेट का फॉर्मेट सेम हुआ तभी हो पाया है ना डेट डेट का देट का फॉर्मेट नहीं डेट टेक्स्ट में फॉर्मेटेगा बट डेट टेक्सट में होनी चाहिए डेट ब्लैंक नहीं होनी चाहिए अदरवाइज ग्रुप ही नहीं होगा आपका मतलब नंबर नंबर में में में रहेगा रहेगा तो तो तो वो के के फॉर्मेट फॉर्मेट जाएगा जी जी जी टेक्स्ट फॉर्म में किसी भी भी तो कैलकुलेट कर लेगा। जी सही बोला आपने जी. अब इसमें एक चीज और भी है कि मुझे यहां पे डेट ग्रुप तो करने हैं 15 डेज के मुझे मंथ तो आपको ग्रुप में जाना ध्यान रखिएगा कि डेट का ग्रुप सिर्फ सिंपल डेट में ही आप कर सकते हैं क्योंकि ये जो आपका नंबर ऑफ डेज यहाँ पे अनेबल दिख रहा है तो कब दिख रहा है जब आपने सिर्फ डेज को सिलेक्ट किया अगर आपने मंथ को सिलेक्ट कर लिया तो देखिए अनहाइट हो जाएगा तो डेज भी कर सकते हैं यहाँ पे आवर अगर मैंने आवर सेलेक्ट किया तो देखिये आवर्स भी नहीं आ रहा मैंने मिनट सेलेक्ट किया देखिए मिनट भी नहीं आ रहा तो यहाँ क्या आएगा सिर्फ आपका डेज का ग्रुप आएगा तो मैंने यहां पे दे दिया कि 15 डेज का ग्रुप मुझे कर दो तो यहां पे आपका 15 डेज का आ गया कि एक से लेकर पंद्रह सोलह से लेकर तीस इकतीस से लेकर चौदह दिख रहा है हुँ. इस तरह का आप डेट बाइज ग्रुप कर सकते हैं तो डेट की समझ में क्या आ गई आपको हुँ.